हम लोग मार्केट से ले लिए सामान जितना चाहिए था हम लोगों को ये देखो बहुत भारी है और हम लोगों का गाड़ी उधर है सामने अंधेरा हो गया लेकिन हमारा ब्लॉग अभी तक चल रहा है ना नरे ये फुटू का ब्लॉग है चलेगा क्या दौड़ेगा पूरा पार्नर सब फास्ट ब्लॉग नाम का नाम कर रहे और सब अपना अपना फास्ट ब्लॉग वायरल कर रहे सिवाय मेरा वीडियो को छोड़कर हम बहुत दिनों से हैं अब वायरल लगाओ यार क्या करते हो हमें भी जाना है बहुत दूर दूर ट्रैवल करना है हमें भी देश के बाहर जाना है अलग स्टेट जाना है इंडिया से बाहर घूमना है ये देखो हम लोगों का दूध बहुत सारा सामान ले लिए पूरा अंधेरा हो गया वन मिनट हम लास्ट स्टिक लगाने दिए दो हमें एक अच्छा सा थ्री सिक्सटी डिग्री का व्यू देखा रहे हैं फिर ब्लॉग को ख़त्म करेंगे फिर घर चलेंगे ठीक है वन मिनट दड़ा पिंटू असुविधा हो चुके तो एक तो वर्ल्ड नम हस्ट तो बहुत अच्छा सा व्यू लग रहा है ना? देखो वाव का नज़ारा ये लोकल में मार्केट जो लगता है पाथरगाटा काटा महान बाजार पूर्या वेस्ट बंगल और हमारा घर इधर से लगभग तीन किलोमीटर दूरी पर है हम लोगों के साथ दूध है अभी ये दूध से चलेंगे तो सामान ले जाने में कोई दिक्कत भी ना होगा और ठीक है चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय तो पार्टनर फाइनली हम हमारा गांव घुसने वाले हैं अभी देखो बहुत अंधेरा हो गया है हमारा गांव आओ पार्टनर बहुत मजेदार एरिया है इधर मंदिर है सामने नदी है पंख सवती पहाड़ है बहुत सारा पूरा नेचर वाइब्स मिलेगा इधर आओ हमसे भी मिल लेना हम यहीं पर रहते हैं इधर से ही वीडियो बनाते हैं और बाहर जाने का बहुत शौक है लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा कैसे होगा हमारा ड्रीम पूरा चो चो पार्टनर हमारा पापा भी आ गया है अभी देखेगा ना हमें कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा ऐसे ही वाट लगाएगा तो हम ऐसे छुपा लेते हैं कैमरा कैमेरा मोड़ पर है व्हाट इज़ इधर क्या हो गया है देखो बहुत भीड़ चल रहा है इधर झमेला चल रहा है ऐसे नहीं खबर ठीक है अभी पहुंच गए हम घर ये रहा हमारा घर है न ठीक है पार्टनर गेट खोल पढ़ते उठा। ठीक है पार्टनर रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय